हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग चलिए आज नया लेसन शुरू करते हैं आ से अनार आ से आम्ली बड़ी से ईख से उल्लू बड़ी ओ अंग से ऊन ऐसे ऐसे ओ से ओखली बड़ी ओ से औरत अंगूठा से कुछ नहीं थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए